अल्लाम वरम्त लबरकू हाँ तो दोस्तों क्या आप ये चाहते हैं कि कोई भी शख्स आपकी बात को माने क्या आप ये चाहते हैं कि किसी से भी आप जैसा काम चाहें वैसा करा लें क्या आप ये चाहते हैं कि कोई भी लड़की आपकी बात माने और आप जो कहें वैसा वो काम करे उस तरह से वो चले तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है और बहुत ही इस वीडियो से आप फायदा उठाने वाले हैं बस आप हमारे साथ चंद मिनट बने रहें इन जब आपका दिल बाग बाग हो जाएगा इस वीडियो को सुनने के बाद सबसे पहले आप इस प्यारी सी वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर दीजिए और हमारे इस जी के वर्ल्ड के फैमिली में शामिल हो जाइए हाँ तो दोस्तों इस अमल को करने से पहले आप वजू कर लेंगे पाक साफ हो जाएंगे मसल्ला बिछा लेंगे और उस मसल्ले पे बैठ तीन मरतबा कोई भी दुरुदे पाक पढ़ेंगे अगर आपको कोई दुरुदे पाक याद नहीं है तो आप सल्लल्लाहु वसल्लम इस सला को तीन दफा पढ़ लेंगे उसके बाद 141 141 इस नाम को पुकारिएगा, मरतबा पढ़िएगा और इसके बाद आप सिर्फ ग्यारह मरतबा इन्ना इन्ना इन्ना इस सुरह मबारिका को पढ़ लीजिए इसके बाद आप आखिर में वही दूर उपाक जो आपने शुरू में पढ़ा था उसको तीन दफा पढ़िएगा उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाइएगा और जिसको भी आप अपने तरफ खींचना चाहते हैं जिस शख्स को भी आप अपने तरफ माइल करना चाहते हैं या फिर जिस महबूब को आप अपने पे फिदा करना चाहते है उसके बारे में सोचेंगे उसके बारे में गौर व फिक्र करेंगे और पर आलम ऐसी दुआ करेंगे इनशाजल अगर आपने जायज चीज के लिए यानी निकाह के लिए या फिर अच्छे काम के किसी शख्स को चाहा है तो वो शख्स बिल्कुल आपके करीब होगा और उसके बाद आपका ये दिक्कत खत्म हो जाएगा कि वो आपको नहीं चाहता है बल्कि उसके दिल में भी आपके लिए बेनता मुहबत पैदा हो जाएगी